अरे माइक मो पिछली वाली माइक की दिक्कत हुई थी नायक जया है भारत भाग्य पंजाब सिंध गुजरात गुजराट मराठ प्रगंगा हिंदी मा चल यमुना गंगा उछल छल तिरंगा जब सुबह में जागे तब सुबे आशीष मांगे गाए सब जय गाता मंगल धायक जया हे भारत भाग्य विधाता जय आय आ जय जय जय जय जय जय जय हे जय जय जय मातरम मातरम मात्रम